सिंगरौली में बंदा कोल ब्लॉक पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर ने की बैठक में पुनर्वास समिति के सभी अधिकारी और विस्थापित मौजूद थे विस्थापितों का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक विस्थापन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार परमार की अध्यक्षता में बंदा ब्लॉक के पुनर्वास समिति की बैठक हुई जिसमें बंदा ब्लॉक के भूवर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला अपर कलेक्टर डी बर्मन बंदा ब्लॉक कंपनी के अधिकारी कर्मचारी सहित विस्थापित नेता दरोगा पाठक साथी ही बंदा कोल ब्लॉक से विस्थापित हो रहे ग्राम तेंदुहा बंदा के सरपंच व जिला पंचायत सदस्य बैडन जनपद अध्यक्ष सहित पुनर्वास समिति के सदस्य उपस्थित रहे बैठक के बाद विस्थापित नेता दरोगा पाठक ने कहा कि जो विस्थापन पॉलिसी है वो जनता के हित में नहीं है ये सिर्फ कंपनी के लिए बनाई गई है पैतालीस साल वालों के लिए इनकी पॉलिसी में कुछ नहीं है हमने अपनी उन्नीस मांगे जिसमे रोजगार बेरोजगारी भत्ता शामिल है कलेक्टर के सामने रख दी है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम विस्थापित नहीं होंगे बंधा कोल ब्लॉक के लिए पुनर्वास समिति की बैठक पहली प्रथम बैठक इसमें विधायक जी से लेके कंपनी प्रबंधन सभी हम सब सरपंचों को बुलाया गया था हम लोगों ने अपने ग्रामीण जनता को भी साथ में लेकर हम लोग आए थे जो इनकी विस्थापन पॉलिसी है वो कतई जनहित नहीं है ये सब कंपनी हित में बनाई गई है जनता के हित का कहीं ध्यान नहीं दिया गया है इसमें 45 साल से ऊपर वालों को कोई महत्व नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने उन सब इनके पॉलिसियों का विरोध किया है और इस पॉलिसी के विरोध में हम लोगों ने कहा कि आज की बैठक स्थगित कर दी जाए और फिर इन मुद्दों पर जो हमारे प्रश्न हैं इसका उत्तर निकाला जा तब अगली बैठक में हम लोग उसको पास करेंगे या फेल करेंगे इसका निर्णय करेंगे हम लोग कतई जनप्रतिनिधि हमारे जनपद अध्यक्ष हैं ये हमारी जिला पंचायत सदस्य है हमारे सरपंच है, है, लोग हैं हम लोग उस इनके प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने कहा कि विस्थापन यह प्रक्रिया भू अर्जन की धारा 2013 के तहत की जा रही है हमने बैठक में दोनों पक्षों के विचारों को सुना है दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद इस धारा में जो भी प्रक्रिया है उसी के तहत आगे कार्यवाही होगी का कोई इशू है कि जो भूमि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित कर उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम दो हजार है उसके प्रावधान के अंतर्गत जो एक गठित थी उसकी बैठक थी उसमें विचार कंपनी के भी प्रतिनिधि थे और हमारे जो गाँव के प्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के सदस्य सब सबने मिलकर उसमें विचारों उस को सुना है और इसी जो जो हमने बताया ना कि अधिनियम 2013 है भूमि अर्जन वाला उसके अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते है सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज